जान मम्मी पापा से में तुम्हारी गान फटती है और कहते हैं मैं तुम्हारी तोड़ लाऊंगा है मादा चौथ के बच्चे मादा चोत के बच्चे देखो जब तुम तो इस तरह की गालियां दोगी तो तुम्हारी जान तो क्या तुम्हारे ये कैमरा मैन भी घर न ले जाए क्योंकि जब तुम तो इसकी मम्मी को नमस्ते भी बोलोगी ना तो उसका तो यही रिएक्शन होगा ए जी गाली दे रहा है कोई बोल रहा है मादा के बच्चे दोस्तों आओ यार आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम की एक ऐसी लड़की की जिसकी वीडियो की शुरुआत तो जान से होती है और खतर चोट के बच्चे मतलब और प्यार अन्य कॉल पे व्यस्त निकलेंगे ये आजकल के रिश्ते हैं जनाब ये सब जलेबी की तरह सीधे निकलेंगे आदा के बच्चे एक सेकंड ये कौन सी जलेबी है जो सीधी मिल रही है कहीं किसी ने तुझे जलेबी के कर कुछ और तो नहीं खिला दिया बहारो फूल बरसाओ मेरा है। है? क्यों कैसा? अरे तो, तो। तो। नहीं बेबी वो तो तुझे चोरने आया है सॉरी आजकल का प्यार यही है जनाब चले तो चांद तक नहीं तो फ्लैग तक तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का तुम्हारा कौन सा वाला है मैडम हरकतों से तो दूसरा वाला लग रही है। हो, यार तुम लड़की हो के गाली देती है, सरम नहीं आती। आती है ना इसलिए देखो वो गाली का पूछी और ये क्या देने की बात कर रही है लगता है इसको हंसते हुए देने का काफी है गली, गली में शोर है जो हम लड़कियों की फीलिंग से खेले वो मादर चौद है की लोड़ी, की लोड़ी। पहले वो चॉकलेट देगा फिर चॉकलेट फ्लेवर लगा के तुम्हारी लेगा हाँ खुद का तो एक्सपीरियंस बता रही है ना सब बात आजकल का प्यार कोई मरता रहता है बात करने को और कोई मरवाता रहता है बेहतर से बेहतरीन को पाने को पर। मादर चौथ के बच्चे बताओ इतना मादर लड़का पैदा करी हुई मैं कि क्या और बहुत सुन लिया दीदी मौसी हुआ अब भाभी भाभी सुनना चाहती अच्छा मैं कि तेरे कि कि बिना सब कुछ अच्छा चल रहा है अब दोबारा वापस आके फीलिंग एक रील पहले तो इनको लोंडा चाहिए और दूसरी रील में फीलिंग की की तो अगर मेरे पहले बात करने से हमारी बात नहीं हो सकती तो बहन तुम गांड मराओ हाँ ये सही है पहले बात नहीं हो सकती तो गांड मरा क्या आप दिमाग से पैदा ले बताओ जाता मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ ना नहीं क्यों अकेले काफी हूँ प्लीज तुम जींस की फिटिंग करवा रही होगी और वो साड़ी वाली के साथ भाग जाएगा आदत चौथ के बच्चे आदत चौथ के बच्चे छोटी बच्ची हो क्या देखो जब तुम सुबह शाम इस तरह की गालियाँ बकोगी ना तो कोई भी साड़ी वाले के साथ ही जाएगा यार यही नहीं अभी और सुनिए बस अब वो नहीं झेल सकते इसको तो इस वीडियो पे रखते हैं अपन लाइक लाइक का कितने भी कर सकते हैं आप कर बस करो बस और अगर चैनल पे गलती से नए आ गए हो तो सबका जरूर कर देना पहली फुर्सत में कर दो बिल्कुल अब भी हाल ही कर दो क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए जल्दी से जल्दी चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब करो अब यार इसकी तो बड़ा दिख रही है।, रही है तू भी पहन पहले तेरी भी दिखेगी माधस चौधरी <laughs>